कलेक्टर ने वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों के लिए कैंप का आयोजन किया कैंप में कलेक्टर ने अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता रखने वालों को नियुक्ति पत्र दिए छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर ने इस कैंप का आयोजन कराया था कलेक्टर ने लंबे वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें माला पहना शुभकामनाएं दी वही अनुकंपा नियुक्ति पत्र मिलने पर लोगो ने अपनी खुशी जाहिर की और तह दिल से जिला कलेक्टर संदीप जी आर का धन्यवाद किया आज प्रदेश में नवाचारों की श्रृंखला में कलेक्टर महोदय के निर्देशों पर चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की हमारे द्वारा पहले गणना करवाई गई एससी वर्ग में चार पद खाली थे जिले में एसटी में निरंक था ओबीसी में भी निरंक था लेकिन सामान्य वर्ग में 68 पद थे जिसके विरुद्ध किसी की भी नियुक्ति की जा सकती है अतः चूँकि जिले में तृतीय वर्ग श्रेणी के संवर्गवार पदों की खाली संख्या इस समय निरंक है तो ऐसे लोग जिनकी आयु सीमा पूरी हो रही है सात वर्ष हो गया है पिता या माता की डेथ हुए हो ऐसे लोग अगर अपने से एक श्रेणी नीचे यानी भ्रत के पद के लिए पात्र होने पर संस्तुति देते हैं तो ऐसे लोगों की नियुक्ति हेतु आज शिविर रखा गया था जिसमें अभी तक दस लोगों की सहमति प्राप्त हो चुकी है हम ए, करीब दो हजार उन्नीस ऐसी भटक रहे थे और राजस्व विभाग में भ्रत के पद पर नियुक्ति हुई हां शिविर लगा के कलेक्टर महोदय ने आदेश दिए बहुत बहुत अपार खुशी हुई सर हां मतलब भटके भटकाए और हम अपार लग गए ए, करीब दो हजार से भटक रहे थे हम लोग कलेक्टर साहब लाख लाख कोटि कोटि बधाई मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य ऐसी संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहत उन्हें प्रति माह एक हजार रूपए दिए जाएंगे ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है दस जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार की पहली किस्त